ओ हाँ? मेरा बाद हो पकड़ा पीला उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक होंगे और आज तो हमने जहाँ पे हमने सुरक्षित होंगे ठीक है और play चल रही है लीजॉइन किसी जरूरी नहीं जोड़ी है हाय अइये बब्बा इये दाल हैं हाँ ये कौन है कबार चलने ले ज्वाइन करो आप लोग प्लीज़ स्टार भी सेंड कर दीजिएगा हम पे बाहर आए चले जोड़ूँगा कर दीजिए हाय हाय हाय सब तुम्हें से हेलो मम्मी <laughs> ममर सुबह रे सुबह रे खानी आज घर आ गई है अजगर पकड़ो नाइल चलिए तो हो कहाँ पैदल पैदल घूमना जैट घर है जो घर नहीं जो yeah. हो, चलो तो किलो आप लोग हम लोग कहाँ जा रहे हैं mm -hmm. लेडी बाहर थोड़ा तो बहुत तागरने के लिए आप तो लोग देख पा रहे होंगे और जैसे कि तो, तो आप लोग जल्दी ले ज्वाइन करें उसके बाद आप लोग किया जाएगा हाय रिल्स बना के आएगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे बस गन्ना गन्ना दिखाई दे रहा है गन्ना का खेत है अरे ये भी है क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो वो अपने में लगे हुए हैं तो ये आप सब देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है खुला में और ठंडा मौसम भी है और यहाँ पे नेनुआ है आप लोग दिख रहे हैं कितना फौरन है आनुआ दिखा रहे देखिए पूरा नेनुआ है उधर बहुत ज्यादा हुआ था फर्क होता ने खेती जल्दी ली ज्वाइन करो जल्दी लिए जोड़ो ये करेला का है पौधा करेला का पौधा है आप देख पा रो चला <स्थाँगे> आ, आ, आए। है कहीं देख कहा का कोतर ये देखिए गन्ना कैसे है का कोतर का कोतर लिए तो बातें ना देखे नहीं थोड़ा पानी और देखो ये खड़िया देखा ठेले बोरा में अब ढेर सपान दले तो जल्दी लिखो जल्दी जॉइन करो अभी एक दो रील्स बनाऊंगी ऊपर और इसका रखते है ना है ना ये है ना इनके तो आवता फोटो हाय हाय, रु तोटो खींचे कहू तो रहा अब चलो क्या? गाना खींच तुम बोले नहीं? जो हम गए लहे नहीं के अब ले बो है जाएगा सुबलवो यहाँ हूँ मैं हम्म हम्म नहीं अब लाइव हूँ कोरोना तीन सुलझी है तो हमें क्या हटावे पड़े चलो चलो कर देना हाँ देख लो बोल तो इना चलो त लो गाइस हना हना हो नहीं जाए बस चलो तो नहीं तो हे चल ये तेज को तो हमरा में बनाओ वाईफाई तो कनेक्ट है दे। अब देखो अब देखो अब चलो तो यस यस संजय जी गन्ना के खेत में घूम रही हैं सेव जी थैंक यू थैंक यू चलो तो वैसे चलो अब देखा देखा जल्दी देखो नेट भाग जी राकेश जी हाई जी हाई शराफरी एंड ब्यूटिफुल थैंक यू जी थैंक यू ब्राइटनेस करो अब दोपहर लगा तो ना तो है चल बहुत है ना तो ये आप और अपन यूज़ कर रहे देखा होगा तो गैस हम लोग आए हैं बाहर घूमने इनके में दिलीप जी है बासुदेव जी है। बना हम्म डांस कौके वैसे ही बना लो तो एक तो नेटवे चलो खींचल हाँ। चलो नहीं खेबा चलो बिया में तो दलदा होते ही बिया तलदा होती दलदा होते दलदा चो हलो चल अब तो आगे चलो बहुत हो फराब रह